पेंच टाइगर रिजर्व में इन दिनों तेंदुए सैलानियों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं पेंच टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में तेंदुए ने एक बंदर का शिकार किया इससे पहले कि इस शिकार को तेंदुआ अपना निवाला बनाता वहां तेज दहाड़ के साथ बाघ आ गया बाघ से डर कर तेंदुआ एक पेड़ पर चढ़ गया और बेबस होकर शिकार किए गए बंदर को बाघ को ले जाते देखते रहा पेंच टाइगर रिजर्व सैलानियों को खूब आकर्षित कर रहा है पेंच पार्क प्रबंधन ने फेसबुक पेज पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में गुरुवार रात एक पोस्ट वीडियो के साथ डाली है जो कि अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है वीडियो में एक तेजुआ ने बंदर का शिकार किया और वह उसे खाने ही जा रहा था कि तभी एक टाइगर ने आकर उसके शिकार को दिन दहाड़े उठा लिया बाघ से डरकर तेजुआ एक पेड़ पर चढ़ गया और बेबस होकर बाघ को शिकार किए गए बंदर को ले जाते देखता रहा पेंच पार्क प्रबंधन से अपने फेसबुक पेज पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में गुरुवार रात एक पोस्ट वीडियो के साथ डाली है। इंटरनेट मीडिया में अनेक लोग इस पोस्ट को साझा कर रहे हैं इस पोस्ट में लिखा गया है कि एक तेंदुआ द्वारा बंदर का शिकार किया गया और वह उसे खाने ही जा रहा था कि तभी एक टाइगर ने आकर उसके शिकार को दिन उठा लिया और ऊपर से दादागिरी दिखाई टाइगर के भय से तेंदुआ दो घंटे तक पेड़ पर बैठा रहा से पता चला है कि लेपर्ड समुदाय में टाइगर द्वारा की गई चोरी व दादागिरी को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है उक्त तेंदुए द्वारा पूरी घटना की शिकायत ऑल पेंच लेपर्ड एसोसिएशन को की गई है उक्त घटना से संपूर्ण तेंदुआ समुदाय में टाइगर के प्रति रोष है